हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि आईआरसीटी जो रेलवे की साइट है उस पर हम कोई भी टिकट कैंसिल कैसे करा सकते हैं सपोज़ आपने टू तो पर्सन का टिकट बुक किया है आपको किसी एक का ही कैंसिल कराना है या फिर आपने जितने भी पर्सन का किया है आपको उनमें से कुछ पर्सन का कैंसिल कराना है तो आप कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंड उसके लिए आप सबसे पहले आई की साइट पर जाएँगे वहाँ लॉग करने के बाद <coughs> वहाँ लॉगिन करने के बाद उसका होम पेज ऐसी तरह से आ जाएगा उसके होम पेज पर आने के बाद नीचे की तरफ सबसे माय ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे जाएंगे माय ट्रांजेक्शन पे जाने के बाद माय बुकिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे वहाँ पे ये जो भी ट्रेन आपने बुक कर रखी होगी उसके आगे स्टेटस बुकड लिखा होगा बुकड लिखा है जैसे सबसे ऊपर वाला स्टेटस बुकड है आप उस पर जाएँगे वहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पैसेंजर इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है जैसे ये पैसेंजर इन्फॉर्मेशन आ रही है ठीक है इसमें टू पैसेंजर के नेम आ रहे हैं ठीक है मेरे को जैसे किसी एक का कैंसिल करना है तो अब आप इसको कैसे करेंगे देखते हैं देखो आप ये थ्री डॉट पे जाएंगे थ्री डॉट पे जाने के बाद कैंसिल टिकट पे जाएंगे अब जैसे ही कैंसिल टिकट पर आपको जाते हैं आपको एक का कैंसिल करना है आपको जिन जिन का कैंसिल करना है उनके आगे आप चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अभी ये अनसेलेक्टेड है इसको सेलेक्टेड कर दिया आपको जिसका भी कैंसिल करना है इस तरह से आपने सिलेक्टेड कर दिया अब सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं टिकट आप जब भी तक कैंसिल कर सकते हैं जब तक चार्ट आपका प्रीपेड नहीं हो जाता है यहाँ पर चार्टिंग स्टेटस दिखा रहा है चार्ट नॉट प्रिपेयर्ड। तो जिसको कैंसिल करना है उसको सेलेक्ट किया नीचे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है तो कैंसिल पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे अब वो यहाँ पर कह रहा है कि कन्फर्म कैंसिलेशन डू यू रियली वॉन्ट टू कैंसिल टिकट आपको रियली ये कैंसिल करना है तो आप इस तरह से यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स अभी इसका करंट स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे एक चीज़ और कि अगर आपका ऑफलाइन टिकट है तो आपको टिकट काउंटर पे जाके टिकट कैंसिल कराना होगा या फिर आप आईआरसीटीसी की जो एक वेबसाइट है आप उस पर भी जाके वहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप वन पे कॉल करके भी उसने ऑफ़लाइन टिकट को कैंसिल करा सकते हैं फ्रेंड्स टिकट कैंसिल होने के बाद जो उसकी जो आपका उसका रिफ़ंड आता है सेवन डेज़ के अंदर अंदर आपकी रिफ़ंड हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा माय ट्रांजेक्शन में फिर से जाएंगे यहाँ पे सबसे नीचे टिकट रिफंड हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ही वो आपको रिफ़ंड का स्टेटस दिखाई देगा विदिन सेवन डेज़ वो आपका रिफंड वापस आ जाएगा